हर बार मैं ही सॉरी बोल के इस रिश्ते को तो बचाता रहा लेकिन अपने वजूद की धज्जिया उड़वा दी बहुत बाद में एक बात समझ आई जो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी जब रिश्ता दो लोगों का है तो उसे बचाने की जिम्मेदारी भी दोनों की होती है एक अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा दिए और दूसरा लगाए ना इसका ये मतलब है कि एक ख़त्म करना चाहता उस रिश्ते को और वो शायद तुम्हें बहुत पहले बता चुका होता ये बात बस तुम्हारे समझ में नहीं आती और कुछ